का इंजन को कैसे ठीक करेंगे चाहे वह एक नई कार हो या आपके पास कुछ समय के लिए हो जब कोई इंजन स्फल करता है तो यह डरावना होता है लेकिन इस तरह से इंजन में खराबी का क्या कारण है ऐसे कई हिस्से हैं जो एक इंजन को अच्छी तरह से चलाते रहते हैं लेकिन एक मिसफायरिंग या स्पटरिंग इंजन सबसे आम मुद्दों में से एक है एक इंजन को कुशलता से चलाने के लिए हवा और ईंधन की सही मात्रा में मिश्रण होना चाहिए और फिर चेंबर के भीतर जलना चाहिए इसे सही ढंग से चलाने के लिए ईंधन और इग्निशन सिस्टम में कई घटक होते हैं जिन्हें एक साथ काम करना पड़ता है इस प्रकार के मुद्दों को कम से कम रखने के लिए ईंधन और इग्निशन सिस्टम को बनाए रखा जाना चाहिए और मैन्युफैक्चरर की मैनुअल के अनुसार मेंटेन या रिप्लेस किया जाना चाहिए ईंधन की कमी के कारण स्पटरिंग इंजन को अलग रखने के कई कारण हैं। यहाँ तीन मुख्य कारण हैं: एक ब्लॉक्ड ईंधन इंजेक्टर इंजन में अधूरा दहन अगर गैस गेज भरा हुआ है लेकिन इंजन स्पटर करता है एक खराब इंजन का मूल कारण कई अलग अलग प्रणालियों में स्थित हो सकता है दो सबसे आम निकास और ईंधन प्रणाली हैं। यहाँ इंजन स्पटरिंग के सबसे सामान्य कारणों का विवरण दिया गया है निकास कई गुना लीकेज जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में रिसाव होता है तो यह कार को आसमान रूप से चलाने या स्पटर करने का कारण बन सकता है इससे चेक इंजन लाइट भी आ सकती है आप इंजन के खराब प्रदर्शन के साथ इंजन का शोर भी सुन सकते हैं एक संभावित दूसरा करना है बची हुई गैसें प्लास्टिक के घटकों को पिघला सकती हैं और निकासी धुएँ कैबिन में अपना रास्ता खोज सकती है इसे जल्दी ठीक करना सबसे अच्छा है विफल उत्प्रेरक कन्वर्ट या कैटेलेटिक कन्वर्टर सड़े हुए अंडे की गंध इंजन खराब चल रहा है या स्पटरिंग? अपने उत्प्रेरक कन्वर्टर की जांच करें जब यह विफल होने लगता है तो यह निकास में हाइड्रोकार्बन को जला सकता है साथ ही यह इंजन द्वारा उत्पादित सल्फर को तोड़ नहीं सकता है इसलिए सड़े हुए अंडे की गंध आती है इसे जल्दी से बदलवा लें क्योंकि अंततः कन्वर्टर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा खराब ऑक्सीजन सेंसर एक असफल या गंदा ऑक्सीजन सेंसर आपके इंजन में बहुत अधिक या बहुत कम ईंधन डालेगा यही खराब होने का कारण है इन सेंसरों को नियमित रूप से जांचें और इससे बचने के लिए आवश्यकता अनुसार बदले वैक्यूम लीक जब विस्त प्रणाली में कोई लीकेज होता है तो आप स्पटरिंग या एक खुरदरे इंजन का अनुभव करेंगे यदि समस्या को ठीक नहीं किया जाता है तो आपकी कार्य छिंचायेगी या त्वरण पर रुक जाएगी पहना घास के टील सील और घास केट को समय समय पर बदलना पड़ता है ऐसा करने में विफल रहने से इंजन खराब हो जाएगा और स्पटर हो जाएगा इन्हें नियमित रूप ऐसी जाँचे उन्हें बदलने में विफल रहने से एग्जॉस्ट को कई गुना नुकसान हो सकता है और यह एक महंगी मरम्मत है फ्यूअल इंजेक्टर गंदे होते हैं समय के साथ ईंधन इंजेक्टर धीमी गति से त्वरण और इंजन स्पटरिंग के कारण बंद हो जाते हैं यदि आप जल्द ही बंद इंजेक्टरों को पकड़ लेते हैं तो उन्हें साफ किया जा सकता है यदि नहीं तो उन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता होगी डट ईमासे और फ्लोसेंसर जब यह उपकरण खराब हो जाता है तो यह कंप्यूटर को गलत सूचना भेजता है जिसके परिणामस्वरूप स्पटरिंग इंजन या रफ रनिंग होती है गंदा खराब स्पार्क प्लग ईंधन को साफ रूप से प्रज्वलित नहीं करेंगे जिससे वाहन में आग लग सकती है या स्पटर हो सकता है आपको ओया तो उन्हें बदलना होगा या उन्हें साफ करना होगा चून की इंजन स्पटरिंग कुछ अधिक गंभीर होने का लक्षण है इसलिए समस्या का निदान और मरम्मत करने के लिए एक अनुभवी मैकेनिक पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है यहाँ अरमान मोटर गैरेज में जब आपका वाहन उन लक्षणों को प्रदर्शित करता है तो हमारे तकनीशियन आपके वाहन के ईंधन और निकास प्रणाली का निरीक्षण करेंगे हम एग्जॉस्ट सील्स और गास्केट्स एग्जॉस्ट मैने फोल्ड एयरअ्लो और ऑक्सीजन सेंसर्स आदि की जांच करेंगे अपने पक्ष में एक अनुभवी सर्विस एक्सपर्ट प्राप्त करें अरमान मोटर गैराज सर्विस डिपार्टमेंट स्थानीय स्तर पर अपनी ईमानदारी सत्यनिष्ठा और ज्ञान के लिए जाना जाता है हम आपके वाहन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे आज ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें कॉल करें 9137034530 या 8451828922 पर थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल